असलम वरहल वबरकू इस्तबाल है आपका आपके अपने चैनल हेल्दी इंडिया पर उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे आज हम जानेंगे कि खड़े होकर पानी पीने से हमारी सेहत को कितना नुकसान हो सकता है बहुत ही खास जानकारी वाला वीडियो है इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा. वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हेल्दी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेलाइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके इसके अलावा अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं नीचे सुपर थैंक्स वाले बटन को दबाकर आप इसमें मदद कर सकते हैं दोस्तों पानी हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर में करीब सत्तर पानी होता है इसलिए सही मकदार में पानी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन और दूसरी कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है साइंटिफिक रिसर्च और डॉक्टरों के मुताबिक खड़े होकर पानी पीने के कुछ नुकसान ये हैं। पहला नुकसान तो ये है कि खड़े होकर पानी पीने से हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है खड़े होकर पानी पीने का दूसरा नुकसान ये है की जब कोई इंसान खड़ा होकर पानी पीता है तो पानी तेजी से आहार नाल से होता हुआ पेट की निचली सतह पर गिरता है इससे उस सतह के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है तीसरा नुकसान यह है कि खड़े होकर पानी पीने से जब पानी हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में जो किडनियाँ मौजूद होती हैं उनका खास काम यह होता है कि वो हमारे जिस्म से गैर जरूरी चीजों को बाहर निकालती हैं पेशाब के जरिए और खून को साफ करती हैं और हमारे शरीर में छार और अम्ल के संतुलन को सही बनाए रखती है लेकिन खड़े होकर पानी पीने से ये संतुलन खराब हो जाता है यानी ये बैलेंस बिगड़ जाता है खड़े होकर पानी पीने का चौथा नुकसान ये है कि जो इंसान खड़े होकर पानी पीता है उसका खाना ठीक से नहीं पच पाता है क्योंकि खड़े होकर पानी पीने ऐसी खाने को पचाने वाला सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता है खड़े होकर पानी पीने का पांचवा नुकसान है शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाना खड़े होकर पानी पीने से हमारे शरीर में एसिड की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी वजह से अक्सर पेट में जलन महसूस होती है और छठा बड़ा नुकसान ये है कि गठिया की बीमारी जिसे आम तौर पर सभी जानते हैं इसमें जोड़ों में दर्द होता है और कभी कभी ये दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है ऐसा इसलिए होता है कि जब इंसान खड़े होकर पानी पीता है तो उसके शरीर के अंदर तरल पदार्थों का तालमेल बिगड़ जाता है और इसका सबसे बुरा असर हड्डियों के जोड़ों पर पड़ता है और इस वजह से घुटनों का दर्द कंधों का दर्द और दूसरे जोड़ों में दर्द होने लगता है खड़े होकर पानी पीने के और भी बहुत से नुकसान है मगर हमारे पास वक्त नहीं होता है हम हर काम जल्दबाजी में करते हैं और ये जल्दबाजी भी एक बड़ी वजह बनती है हमारे गलत तरीके से खाने और पीने की खड़े होकर पानी पीने का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है बस यही एक बात काफ़ी है खड़े होकर पानी पीने की आदत को छोड़ने के लिए ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर करें क्यूँकी दिन की बात को दूसरों तक पहुँचाना भी सदका है हो सकता है हमारी एक छोटी सी कोशिश से किसी की आने वाली परेशानी दूर हो जाए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए खुदा हाफिज